प्यार में कोई दिल तोड़ देता है दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। पानी में पत्थर मत मारो उसे भी कोई पीता होगा जिंदगी में उदास कभी ना रहना यारो क्योंकि तुम्हें भी देखकर कोई जीता होगा इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं कोई खुशियों की चाह में रोया कोई दुखों की पनाह में रोया अजीब कहानी है ये जिंदगी का कोई भरोसे के लिए रोया कोई भरोसा करके रोया